हेलो गाइस मैं एक बार फिर आप लोग के साथ में हूँ मेरा नाम है प्रीति और मेरे चैनल का नाम है प्रीति लाइव डेली लाइव ब्लॉग्स तो आप लोग उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ मुरार की मार्केट में ये ग्वालियर में है आज मैं मार्केट आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर किया जाए तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं शॉप्स हैं रात में ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है पर काफ़ी अच्छी मार्केट है हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर जैसे कि लाइक आप देख सकते हैं कि कपड़े भी आपको मिलेंगे और ज्वेलरी भी मिलेगी गोल्ड भी है शूज हैं फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स की शॉप है मतलब हर चीज़ हेलो गाइस यहाँ पर मैं हूँ आप लोग प्रीति